हेलो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दल एव अकेडमी के एक लेक्चर में जिसमें आज हम देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं वो भी हम इसमें देखेंगे और इसमें हम देखेंगे सुपरफिशियल अनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम Started, तो जो जो मतलब एक तरह से ये जनरल इंट्रोडक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का बाकी सेपरेट लेक्चर हर एक ऑर्गन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम में है उनका हर एक ऑर्गन का एक सेपरेट लेक्चर लिया जाएगा जिसपे एक सेपरेट लेक्चर आपको मिलेगा हर एक ऑर्गन के लिए अलग अलग से इसमें हम एनाटमी देखेंगे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की और इसमें जो पार्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के वो देखेंगे इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम में आती हैं वो हम इसमें देखेंगे जैसे कि मिजनस प्लेक्सस क्या होते हैं माइंट्रिक प्लेक्सस क्या होते हैं और ब्रीन ऑफ गट क्या होता है ओके तो वो सब और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हैं पेरिटोनियम है निम्बोपेरीटोनीयम है एसाइटिस है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम इसमें देखेंगे तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डाइजेस्ट सिस्टम क्या होता है और इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं तो ध्यान से लेक्चर देखिएगा स्किप मत कीजिएगा पूरा देखिएगा अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है ये एक हॉलो ट्रैक्ट ऑर्गन का एक ट्रैक्ट है जिसमें कि डाइजेशन होता है ये स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एन के साथ में इसके दो ग्रुप होते हैं इसमें दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं जिनमें सबसे पहले आता है गेस्ट्रो इंटरेल ट्रैक्ट या इसको एनिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं या फिर इसको प्राइमेरी डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं जहाँ पे एक्चुअल डाइजेशन जो होता है मतलब ये जो जी आई ट्रैक्ट होती है वो होती है जहाँ पे डाइजेशन होता है और दूसरे होते हैं असेसरी ऑर्गन जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं जैसे कि असरी ऑर्गन्स में हम देखें तो लिवर है लिवर हो गया आपका लिवर हो गया सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई जो माउथ में पाई जाती हैं लीवर है और पेंक्रियाज है पेंक्रियाज है गोल ब्लेडर है टंग एंड टीथ जीआई आई ट्रैक में आने वाले ऑर्गन्स हैं जैसे माउथ हो गया इसोफेगस हो गया स्टमक हो गया स्मॉल इंटस्टाइन और लार्ज इंटस्टाइन ये सभी जीआई आई ट्रैक में आते हैं जीआई आई ट्रैक की जो नॉर्मल लेंथ है वो पाँच से सात मीटर होती है यानी कि तेईस से छब्बीस फुट के आसपास और एक ये नॉर्मल ह्यूमन बींग जो लिविंग बींग्स होते हैं लिविंग ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें होती है पाँच से सात मीटर और जो कैडेवर होता है डेवर क्या होता है ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है तो कैडेवर क्या होता है कैडेवर डेड बॉडी होती है जिसको कि प्रिजर्व किया जाता है साइंटिफिक और रिसर्च करने के लिए ठीक है कैडेवर का लैटिन जो वर्ड है वो है कैडेर जिसका मतलब होता है टू फॉल और इसका इंग्लिश ऑरिजन देखें इंग्लिश में अगर हम इसको देखें कैडेवर का क्या मतलब होता है तो इसका मतलब होता है कैडेवर उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो कि जो शोल्जर्स बैटल में मारे गए हों उनके लिए इंग्लिश में कैडेवर वर्ड यूज किया जाता है जिसको कहते हैं द फॉलन क्या कहते हैं द फॉलन ओके तो कैडेवर होता है जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो डेड बॉडीज प्रिजर्व करके रखी जाती है उनको कैडेवर कहते हैं और कैडेवर में जो जी आई की लेंथ है वो सात से नौ मीटर होती है सात से नौ मीटर होती है अब आप सोच रहे होंगे कि लिविंग ह्यूमन बीइंग में तो पाँच से सात थी इसमें सात से नौ मीटर कैसे हो गई ये दो मीटर कहाँ से बढ़ी ये दो मीटर ऐसे बढ़ी कि जब जो लिविंग ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जो लिविंग ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं उनमें क्या होता है लिविंग ह्यूमन बींग्स में जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं कॉन्ट्रैक्ट होती हैं कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल खिंची रहती हैं वो नहीं कॉन्ट्रैक्ट मतलब आ, वो उनमें और रिलैक्सेशन चलता रहता है, है? लेकिन कैडेवर कैडेवर में में क्या होता है? में जो है हम आगे पढ़ेंगे अभी देखेंगे कि में, में कुछ ऐसे विलाई और माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो उसके सर्फिस एरिया को बढ़ाते हैं और जो मसल होती हैं, वो मूवमेंट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं लेकिन जब क्या की डेथ हो जाती है किसी भी व्युम की तो उसके बाद ये होता है कि जो मसल्स हैं वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती हैं और रिलैक्स हो जाती हैं तो जी आई की लेंथ पाँच सात से बढ़कर अप्रोक्स नौ सात हो जाती है नौ सात सात नौ मीटर सात से नौ मीटर के आसपास हो जाती है पाँच सात से बढ़कर ठीक है आगे चलते हैं आगे हम देखते हैं फंक्शन function. फंक्शंस में फंक्शंस किसके डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम के के फंक्शंस देखेंगे हम क्या-क्या हैं सबसे पहला है हीटिंग और तो सभी हम जानते हैं खाते हैं और अगला है सिक्रीशन सिक्रीशन जो है पूरे जी आई में टोटल सेवन लीटर पर डे के आसपास जो है सिक्रेशन्स uh, आते हैं जिसमें कि वाटर uh, होता है एसिड्स होते हैं बफर्स एंड एंजाइम्स होते हैं इनमें अगर आप इंक्लूड करें तो जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन होता है जीआई का गैस्ट्रिक का सिक्रेशन होता है गैस्ट्रिक से जो सिक्रेशन होता है गोल्फ ब्लेडर से जो सिक्रेशन आते हैं और भी जी आई में सभी जगह से वो आगे पड़ेंगे कहाँ कहाँ से क्या क्या, क्या सिक्रेशन आता है तो वो सभी सिक्रेशन कंबाइंड होके 7 लीटर पर डे के आसपास होते हैं हैं हैं ठीक है अब आगे बढ़ते मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग एंड इसको अलग-अलग देखते सबसे पहले मुंह में होती है मुंह में कैसे होती है मुंह में टीथ उसको चर्न करते हैं चबाते हैं खाने को हम दांतों की मदद से और ट की मदद से जीव की मदद से हम खाने को पूरी मौत कैविटी में इधर से उधर मूव करते हैं जिससे वो दांतों के नीचे जाए और उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सके और प्रपल प्रपल होता है एक इन्वॉल्ट्री मूवमेंट पैरास्टल चलती है जो कि लोअर इसोफेगस से खाने को आगे ले जाने का काम करती है जिसमें मसल्स का होता होता है, है, मसल्स का जिससे कि खाना जीआई ट्रैक्ट में आगे धकेल दिया जाता है ये जी आई ट्रैक्ट हो गई पहले यहाँ से प्रेस करेगी तो यहाँ पे जो खाना है दोनों तरफ ऐसे प्रेस करेगी तो यहाँ पे जो खाना है ये और कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर ऐसे कॉन्ट्रेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे तो ये ऐसे करके ये मूवमेंट चलता रहता है 15 से 20 सेकेंड पे हर 15 से 20 सेकेंड में तो ये खाने को आगे धकेल दी जाती है ठीक है तो इसकी बैरसाट बेब की हेल्प से हम खाने को आगे धकेल पाते हैं ओके तो आगे अगला फंक्शन है डाइजेशन डाइजेशन मतलब अब जो लाल मोलिक्यूल्स होते हैं जो हम खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना उसी को हम डाइजेशन कहते हैं डाइजेशन दो प्रकार का होता है दो प्रकार का डाइजेशन कैसे होता है पहला होता है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन मैकेनिकल डाइजेशन जो कि फोर्सफुल कोई भी फोर्स यूज करके खाने को तो, तोड़ा जाता है तो उसको मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं जिसमें कि जैसे अभी हमने बताया था दांतों की मदद से दांतों की मदद से खाने को तोड़ा जाता है छोटे छोटे मोलिकुल्स में दट कम्स अंडर द मैकेनिकल डाइजेशन ये मैकेनिकल डाइजेशन के अंडर आता है और दूसरा है केमिकल जो एंजाइम्स और जो हार्मोन जो एंजाइम्स होते हैं उनके द्वारा जो लार्ज मोलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे छोटे मोलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है जिससे कि वो इजीली एब्जॉर्व हो जाएं उसको हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं ये क्या क्या होते हैं वो हम अभी आगे बढ़ेंगे ठीक है वो तो हम फिजियोलॉजी में देखेंगे कौन से एंजाइम किस मोलिक्यूल्स को कैसे कैसे तोड़ते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को कार्ब जो होते हैं उनको ग्लूकोज तक पहुंचाना मतलब फाइनली प्रोडक्ट ग्लूकोज और वो ग्लूकोज होता है उसमें कैसे कैसे टूटता है फैट को फैटी एसिड्स प्रोटीन को अमेनो एसिड तक कैसे उनका वो होता है ब्रेकेज होता है वो हम अभी फिजियोलॉजी में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा केमिकल डाइजेशन कैसे होता है एंड अगला जो है अगला जो फंक्शन है वो है अब्जर्प्षन। अब्जर्प्षन मतलब जो के जो केमिकल और के थ्रू स्मॉल बने हैं, उनको पिक करना उनको उठाना जीआई आई ट्रैक से और ब्लड सर्कुलेशन में लाके उनको उन ऑर्गन्स तक पहुंचाना जिन्हें उनकी जरूरत है ये कैसे होता है ये एपीटीरियल वॉल जो होती है म्यूक्रोजल में जो एपिथिलियन वॉल होती है उसके थ्रू एब्जॉर्डेशन में उसको डाल दिया जाता है ये मोलिकुल डाल दिए जाते हैं वो फिर आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट होते हैं और ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है किसकी मदद से होता है वो भी हम आगे देखेंगे ठीक है नेक्स्ट फंक्शन है defecation defecation होता है elimination of waste प्रोडक्ट from the body through the N.S. तो जो last part होता है जी tract टैक्ट का एनएस उसके द्वारा उसके थ्रू जो है हम जो नॉन एब्जॉर्बेबल जो कंटेंट होता है डाइजे सिस्टम का जो हमारे यूज का नहीं होता या फिर जो बेस्ट प्रोडक्ट जो डाइजेशन के थ्रू बनते हैं डाइजेशन है, प्रोसेस के बाद में जो बेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसको एलिमिनेट कर कर दिया जाता है एन के थ्रू उसी को डेफिकेशन कहते हैं ठीक है तो आगे बढ़ते हैं ये तो फंक्शंस थे सिस्टम के अब हम आगे कि लेयर्स जो होती हैं वो कौन कौन सी लेयर्स होती हैं मैं इनको अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम इस चैप्टर में सिर्फ आपको जनरल एनाटमी बताएंगे ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा मैं बस जनरली एनाटमी बताऊंगा और उसके बाद फिर जो सेपरेट लेक्चर लिए जाएंगे जैसे आपको टीथ के बारे में टंग के बारे में इसोफेगस वहाँ पे उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी, उसकी नॉर्मल एनाटॉमी और उसके जो क्या क्या प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ होती हैं किस किस वजह से होती हैं जो तो भी उनके डिसऑर्डर्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे तो वो हम सेपरेट लेक्चर लेंगे हर ऑर्गन के ऊपर स्मॉल uh, इंटरेस्ट का अलग होगा लार्ज इंटरेस्ट का अलग होगा तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये जस्ट एक ओवरव्यू है जिसे आप फिजियोलॉजी जो है वो इजिली समझ पाए okay, तो सबसे पहले layers. Layers में हम इनर टू आउटर देखेंगे ये जी आई ट्रैक्ट होती है इसमें तो बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो वो कौन कौन सी होती है ऐसे देखेंगे इनर टू आउट इनर टू आउटर देखेंगे सबसे पहली लेयर आती है इन इनर साइड में सबसे पहली लेयर होती है म्यूकोजा न्यूकोजा होती है म्यूकोजा में न्यूकोजा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम की बनी होती है क्योंकि जी ट्रैक्ट मैंने आपको बताया अभी पाँच से सात मीटर लंबी होती है तो जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम है ये कैसी होती है वो भी दिखाएंगे ये देखिए ये होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपीथीलियम ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपीथीलियम जिसमें कि ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे जमे रहते हैं ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्रेमस एपीथीलियम ओके ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ठीक है अब आगे चलते हैं ये वापस आते हैं अपने टॉपिक पे स्ट्रेटिफाइड स्क्रेमस एपिथीलियम कहाँ कहाँ पाई जाती है माउथ में होती है फेरिंग्स में होती है अपर पार्ट ऑफ द इशो फिगर्स एन एनाल कैनल अब आपने अगर गौर किया है आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये वो सिस्टम्स हैं जो कि जिन्हें कि हम वॉलेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं जिन्हें हम वॉलेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं ये वो ऑर्गन्स हैं हम माउथ को तो हम कंट्रोल करते हैं उसमें टंग होती है टीथ होते हैं हम जब चबाएंगे तभी चबाया जाएगा फेरेंग जब हम निकलेंगे तभी खाना अंदर जाएगा अपर पार्ट कहीं अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस का जो है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं Okay. और एनल कैनल तो होती है हम डेफिकेट करते हैं तो उस टाइम पे एक्सटर्नल स्ट्रिंग वो पॉलेंट्री मसल से ही काम करते हैं है ना तो इसमें होती है स्ट्रेटिफाइड एपीथिलियम और बाकी का जो जीआई आई ट्रैक्ट होता है जैसे लोअर पार्ट ऑफ है स्टमक है और इंटेस्टाइन है उसमें कॉल्यमर एपीथिलियम पाई जाती है कॉल्यूमुलर एपीथिलियम पाई जाती है वो ये होती है ये है कॉल्यमिन एपीथिलियम ये कॉल्यमिनियम है इसमें इस प्रकार के रगीज और पाए जाते हैं तो ये होती है ओके, okay? ये येमिनियम होती है इसका और डिटेल में हम आपको बताएंगे अब इसमें क्या है ये इनवॉल्ट्री मसल होती है क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है तो इस वजह से ये इनवॉल्ट्री मसल्स पाई जाती है यहाँ पे फंक्शन जो है म्यूकोसा का वो है प्रोटेक्शन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्बन और जो पूरी लेयर है जो पूरी लेयर है ये जो अभी हमने देखी ये भी और ये भी ये पूरी लेयर जो है इसकी ये जो सेल्स से हैं ऊपरों की ये पाँच से सात दिन में कितने पाँच से पाँच से सात दिन में चेंज हो जाती हैं पाँच से सात दिन में ऑटोमेटिकली सारी रिप्लेस कर दी जाती हैं ये लेर होगी अब आगे बढ़ते हैं हम्म ये मैं आपको बताना होगा यहाँ पे जो कॉलिमल एपीथिलियम होती है ये इसमें ऊपर ये जो स्पेस आपको दिख रहे हैं ये इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें विलाई पाए जाते हैं ये ये विलाई होती है दिस इज दिलाई विलाई और इसका अगर छोटा सा सेक्शन लेके अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो है ये जो पार्ट है ये जो है ये ये सब ये कहलाते हैं माइक्रोवेलाई माइक्रोवेलाई कहलाते हैं ये जो कि इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं इंटेस्टाइन में क्यों पाए जाते हैं क्योंकि ये एबजॉर्बशन के लिए जो सरफेस एरिया है इंटेस्टाइन का वो बढ़ा देते हैं ओके अगर तो हम जैसे इसको देख रहे हैं जैसे इसको देख रहे हैं इसमें ये छोटे छोटे छोटे छोटे पार्ट लगे हुए हैं ये विलाई हैं इनके ऊपर ऐसे ही माइक्रोविलाई लगे रहते हैं और माइक्रोविलाई को भी अगर हम बड़ा करके देखेंगे तो हम यहां से, अगर हम यहाँ से एक सेक्शन लेते हैं तो माइक्रोविलाई भी कुछ इस तरह की दिखती है इस तरह की दिखती है माइक्रोविलाई बिल्कुल विलाई जैसे तो इसमें जो है वही ब्लड कैपेल्टीज और वो पाए जाते हैं तो यहाँ से जो एबजॉर्बशन होके जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो हमने बताया थे, वो एब्जॉर्ब होकर विल, माइक्रोविलई में विलई में आते हैं सॉरी विलई में आते हैं और विलई के कैपिलरी नेटवर्क है इसके थ्रू ये मेन सर्कुलेशन में चले जाते हैं ठीक है इस तरह से होता है अब आगे बढ़ते हैं अगली जो लेयर है वो है सब न्यूक्रोजल लेयर सब न्यूक्रोजल लेयर है ये एरियोलर टिश्यू की बनी होती है किसकी Aureolar टिश्यू की बनी होती है Aureolar टिश्यू कौन से होते एरियोलर टिश्य ऑलमोस्ट जितनी भी सेल्स होती है वो अपने यहां से रिसीव करती है और अपने जो बेस्ड प्रोडक्ट हैं वो सब यूज लेती है ये एक रेटरवायर की तरह काम करते हैं वाटर और सॉल्ट के लिए पानी और नमक के लिए एक रेजरवेर की तरह काम करते हैं और ये जो है बाइंड करते हैं एपीथीलियल टिश्यू जो म्यूकोजल लेयर के होते हैं और मस्कुलर टिश्यू जो मसल्स मस्कुलर लेयर जो होती है जो हम आगे भी देखेंगे उसके उन दोनों के बीच में बाइंडिंग का काम करती है ये सिर्फ दो जगह नहीं पाई जाती है आई I मीन mean, दो जगह बाइंडिंग का काम नहीं करती है वहाँ पर माउथ एंड फैरिंग्स Pharynx में ये का काम नहीं करती है लेयर लेयर लेयर, में में पाए पाए जाने वाले neurons, में जाते हैं ये ये ये देखो, देखिए, है दिस दिस लेयर, तो ये इसी का पार्ट है ओके okay? तो ये जो पार्ट है यहाँ पे ये न्यूरोस है ठीक है जिसे इनका जो फ्लैक्स बनता है उसको सब मिकोजर फ्लैक्सेस कहते हैं जिसे फ्लैक्स ऑफ मेजिनर्स भी कहते हैं ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली ये रेड जो कलर है ये आर्टरी को शो कर रहा है ये ब्लू वाला वेन को शो कर रहा है और ये जो येलो है वो नर्व को शो कर रहा है तो यहाँ पे जो नर्व का जो नेटवर्क होता है सब म्यूकोजर लेयर में उसे हम कहते हैं मेजनर्स मेजनर्स फ्लैक्स ऐसे ही मसल्स ले, मस्कुलर लेयर में भी होता है उसको हम कहते हैं मायंट्रिक उसको हम प्लेक्सस कहते हैं ओके okay? तो ये सब लेयर हो और ये छोटे चुट छोटे ग्लैंड्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं इसमें ओके okay? तो अब आपको समझ में आया ये जो न्यूरॉन्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम कहते हैं सब न्यूकोजल प्लेक्सिस और मिजनस ओके okay. आगे बढ़ते हैं अगली है मसल मस्क्यूलर लेयर मस्कुलर लेयर जो होती है वो दो तरीके की होती है मस्कुलर लेयर कितने तरीके की होती है पूरे जे आई ट्रैक्ट में दो तरह की मस्कुलर लेयर पाई जाती है पहली होती है वॉलेंट्री और दूसरी होती है इनवॉलेंट्री ओके okay. जो मैंने अभी बताया था आपको आपको याद हो तो इसमें हाँ म्यूकोजल लेयर में हमने आपको बताया था कि जो ये हैं just stratified squamous epithelium जो माउथ फेरिंग्स और अपर पार्ट ऑफ ये इसोफेगस और एनाल कैनाल में पाई जाती है ये वॉलंटरी मसल्स यहां पे वॉलंटरी मसल्स पाई जाती हैं और यहां पे जो है इनवॉलंटरी मसल्स पाई जाती हैं ठीक है तो ये हम वापस आ गए हैं मस्कुलर लेयर पे सो टू टाइप्स की मसल्स होती हैं पहली वॉलंटरी और जिन्हें स्केलेटन मसल्स भी कहते हैं ये माउथ फेरिंग्स अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस और इसो एक्सटर्नल फिंग हैं एन एस के वहां पाई जाती हैं मसल्स और है स्मूथ मसल्स भी कहते हैं ये रेस्ट ऑफ जीआई ट्रेक्ट में पाई जाती हैं जो ऊपर के होते हैं उनको छोड़ यानी कि लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में पाई जाती है अब इनको भी हम फर्दर डिड करते हैं टू टाइप ठीक है जितने भी हैं, जैसे है जैसे कि हम लोग ये इसोफेगस है ईसो का जो लोअर पार्ट होता है ईसो का जो लोअर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन है लार्ज इंटेस्टाइन है है ना इनमें जो है दो तरह की मसल्स लेयर होती हैं पहली होती है लॉन्गी जो बाहर की तरफ होती है ये बाहर की तरफ होती है और दूसरी होती है सर्कुलर जो कि अंदर की साइड होती है ओके okay, अंदर की साइड होती है लेकिन जो स्टमक है जो स्टमक है स्टमक में मस्कुलर लेयर तीन तरह की होती है तीन तरह की मसल्स पाई जाती हैं मस्कुलर लेयर में पहली होती है ऑब्लिक जो सबसे इनर साइड में होती है सर्कुलर और लॉन्गिट्यूड आप इसे याद रखने के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये इनर साइड में है और ये आउटर साइड में है तो बस क्या हुआ है कि स्टमक में ऑब्लिक जो मसल्स हैं जो इस तरह से होती हैं ऑब्लिक जो मसल्स हैं वो इनर साइड में आ गई है और उन्होंने सर्कुलर मसल लेयर को पीछे धकेल दिया है तो सर्कुलर मिडल में आ गई है लॉन्गिट्यूनल आउटर थी आउटर ही है बस ऑबलिग जो है वो इनर साइड में होती है तो आपको बस ये दो चीज़ें याद रखनी हैं ये दो याद रखनी है कि कौन सी कभी आपसे कोई क्रम पूछ ले कि कौन सी लेयर अंदर साइड में होती है कौन सी मसल बाहर साइड में तो अगर स्टमक आप बस ये दो तरह याद रखिए सर्कुलर जो कि इनर साइड होती है सर्कुलर इनर साइड होती है और लॉन्गिट्यूडन आउटर साइड होती है आउटर साइड ओके तो आपको बस क्या करना है ये दोनों लिखनी है आपको पता है कि ये अंदर साइड होती है और ये बाहर साइड बस इसके ऊपर ऑब्लिक लिखना है इसको भी इजीली याद करने के लिए सी अल्फ़ाबेट में पहले आता है और एल अल्फाबेट में बाद में आता है तो सी इनर साइड में जाएगी और एल आउटर साइड में जाएगा ओके अब ये है आपकी मस्कुलर लेयर, ये देखिए आप ये है इनर साइड और ये है आउटर साइड ये आउटर साइड है और ये इनर साइड है अगर आप देखें तो ये देखिए ये इस तरह से आ रही है इसमें मसल ये इस तरह से मसल्स आ रही है इसे घूम और इसमें ये देखिए, ये खड़ी हुई है ये लॉन्गिट्यूडनल मसल बस इसमें क्या होता है ये तो होती है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन और लोअर पार्ट ऑफ इस में स्टमक में क्या होता है स्टमक में सर्कुलर जो होती है सर्कुलर ये लेयर होगी, ये सर्कुलर लेयर होगी, ठीक है अब इसके ये लॉन्गिट्यूडनल होगी इसके ऊपर इसमें ऑब्लिक मसल्स होती है ऐसे। ये यहाँ पे लिख रहा है देखिए नर्व मैंने पहले भी बताया था आपको येलो नर्व को इंडिकेट कर रहा है और रेड जो है वो आर्टरी को इंडिकेट कर रहा है तो ये जो न्यूरोन्स है यहाँ पे जो पूरे न्यूरो फैले हुए हैं ये मिलके जो प्लेक्सेस तैयार करते हैं जो एक नेटवर्क तैयार करते हैं उसे कहते हैं माइंट्रिक प्लेक्सेस माइंट्रिक प्लेक्सेस कहते हैं या फिर इसे एयरबैच प्लेक्सेज भी कहते हैं अब प्रोनाउंशिएशन आप कुछ भी कर सकते हैं आ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा प्रोनाउंशिएशन सही है क्योंकि इनके प्रोनांशिएशन बड़े अजीब से है ओके तो ये है माइन्ट्रिक प्लेक्सिस कहलाता है और इसे एयरबैच प्लेक्सेस भी कह सकते हैं जो नर्व टिश्यू मसूस में प्रेजेंट मसल लेर में प्रेजेंट होते हैं वो मिलके बनाते हैं अब ये है। अब ये की डेफिनेशन है मूवमेंट मिलकर मिला के दोनों मिलकर ही ब्रेन ऑफ गड बनाते हैं जो कि कहीं हद तक वो भी इसमें के कंट्रोल में हेल्प करते हैं स्ट्रिंक्टर्स, स्ट्रिंक्टर्स हैं हैं हैं हैं जो जो जो वेंड होते सर्कुलर सर्कुलर सर्कुलर मसल्स के। जो ये मसल्स हैं, जो सर्कुलर मसल्स हैं, ये ये यहां पे पे आगे जाके जहां से ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे आप तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे पाइलोरस पाईलोर, पाइलोरस पाया जाता है पायलोरस तो यहाँ से जो चलने वाली स्... सर्कुलर मसल्स हैं ये आती हैं और ये यहाँ पे आते आते ऐसे ये ऐसे करके ये आपस में एक वो बना लेती हैं ब्लॉकेज बना देती हैं और फिर ये आपस में इसको बंद कर देती हैं जिसको कि स्फिंगस कहते हैं तो जो स्पिंगस होते हैं वो किसके बने होते हैं सर्कुलर मसल्स के ये आपका एक और क्वेश्चन तैयार हो गया स्फिंग किससे बनते हैं या फिंग कौन सी मसल्स के बने होते हैं विच मसल्स हेल्प इन तो कौन सी मसल्स होती है वो मस्कुलर और मस्कुलर कौन सी होती है सर्कुलर सर्कुलर जो मसल्स होती हैं उनके फोल्ड्स होते हैं फोल्ड्स होते हैं जो मिलकर फिंगर्स बनाते हैं ओके तो आगे बढ़ते हैं अगली है सेरोसा और आउटर मोस्ट लेयर ओके okay, तो सिरोसा और इसका एक स्पेसिफिक नाम है यहाँ पाई जाने वाली जो सीरस लेयर होती है सीरस मेंब्रेन और सिरोसा जो होती है उसका एक स्पेसिफिक नाम है इसका जिसको कहते हैं पेरिटोनियम क्या कहते हैं पेरिटोनियम ये लार्जेस्ट सीरस मेंब्रेन है ऑफ द बॉडी इसमें आपका एक और क्वेश्चन तैयार होता है विच इज द लार्जेस्ट सीरियस मेंब्रेन ऑफ द बॉडी तो आपको पता चल गया कौन सी है पेरिटोनियम ठीक है पेरिडोनियम में दो लेयर होती हैं पहली होती है पेराइटल दूसरी होती है विसरल पेराइटल में पेराइटल आउटर होती है और ये इनर होती है विसरल जो है इनर होती है पेराइटल आउटर होती है इन दोनों के बीच में फ्लूड पाया जाता है जो कि इन दोनों को आपस में चिपकने से रोकता है ओके जब पेरिडोनियम कैविटी में फ्लूड जो रिक्वायर्ड फ्लूड है उससे ज्यादा उससे ज्यादा अगर फ्लूड होता है एक्सेस अमाउंट में फ्लूड होता है तो वो कंडीशन अब कंडीशन कहलाती है और उसका हम कहते हैं ए साइटिस व्हाट इज दट कंडीशन कॉल्ड ये रहा ये मैं इस बार थोड़ा श्रे हो गया नेक्स्ट टाइम जब मैं सोच रहा हूँ जो जो मेन जो कंटेंट है मेन जो कंटेंट मतलब जो टर्मिनोलॉजी है उसको मैं रेड इंक से मार्क करूंगा तो ये कहलाती है एसाइटेस्ट तो ये तो होगा फ्लूड जब एक्ट होता है और अगर एयर हो जाती है पेरिटोनियम में तो कॉल्ड तो न्यूमो न्यूमो पेरिटोनियम पेरिटोनियम कहलाती है तो यहां पे, पे आपके दो क्वेश्चन और तैयार हो गए यहां पे आपके दो क्वेश्चन का क्या क्या तैयार हो गए पहला तो हो गया वॉट इज एसाइटिस एसाइटिस एंड सेम वट इज पेरिटोनियम पेरिटोनियम तो आपको पता चल गया क्या है न्यूमो पेरिटोनियम जब पेरिटोनियम कैविटी में हवा घुस जाती है हवा पे एयर जो है एक्यूमुलेट हो जाती है तो उसको न्यूमो पेरिटोनियम कहते हैं और जब एबनॉमल क्वांटिटी ऑफ फ्लू पेरिटोनियम में एक्यूमुलेट होता है तो उसको हम एसाइटिस कहते हैं ठीक है चीक्या? ये हो गई आपके लेयर्स तो अब इसी के साथ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म होता है अब हम इसकी फिजियोलॉजी अगले लेक्चर में देखेंगे उसके लिए एक अलग से लेक्चर बनाया जाएगा हो सकता है वो एक लेक्चर में कंप्लीट भी ना हो उसके लिए दो या तीन लेक्चर आ सकते हैं तो उम्मीद करते हैं आपने इसमें से बहुत कुछ सीखा होगा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर हमें डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हैं अगर कोई भी आपकी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें ज़रूर लिखिएगा और आपको वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे आपको कुछ कमी ही लगती है तो हमें ज़रूर बताइएगा तो अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में थैंक यू